केजरीवाल इतना बड़ा प्रदूषित कूड़ा है बदबूदार हाँ। कि खुद कूड़े के ढेर में जाके 2022 में खड़ा हो गया अब इससे ये पूछो हाँ। कि जमुना तो साफ नहीं हुई हाँ। मगर वो कूड़े का पहाड़ कितने दिन में साफ होगा अच्छा। पूछो पूछो अच्छा। जैसे 2012 में कहा था कूड़े का पहाड़ हट जाएगा